एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और वह कहता है मैं खुश कैसे रह सकता हूँ मेरी खुशी का राज क्या है इस पर साधु ने कहा इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपनी खुशी का राज जानने के लिए जंगल की ओर चल देता है और दोनों जंगल पहुँच जाते हैं तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है साधु उस व्यक्ति से वह पत्थर उठाने के लिए कहते हैं वह व्यक्ति साधु के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है कुछ समय बाद उस पत्थर को उठाने से उसके हाथों में दर्द होने लगता है वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और साधु के साथ चलता रहता है काफ़ी समय तक दर्द को सहने के बाद वह साधु से कहता है मुझे दर्द हो रहा है और मैं काफ़ी थक गया हूँ इस पर साधु उस पत्थर को नीचे ज़मीन पर रखने के लिए कहते हैं वह व्यक्ति उस पत्थर को नीचे रखता है और वह कुछ राहत महसूस करता है फिर साधु कहते हैं यही तुम्हारी खुशी का राज है वह व्यक्ति वापस पहुंचता है गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं तब साधु उस व्यक्ति को जवाब देते हैं जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट तक उठा रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ बीस मिनट तक उठाया तो उससे ज़्यादा दर्द हुआ ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक अपने ऊपर दुखों का बोझ लिए फिरोगे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी निरंतर निराशा ही मिलती रहेगी हमारी खुशी का राज सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी भी अपने ऊपर दुखों को हावी मत होने दो दुख भी इस भारी पत्थर की तरह होते हैं जिसे हम जितनी देर तक उठा रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा